जाजा के कहीं तो पीछा हम परेशान हो से। से से से दिल से हाँ, दिल नहीं। सच साच्च में। कटा कि जहर खाली, कि कता लगा फी आखिरी वाला ठीक रहे फसरी लगा ठीक हाँ बा।